ये क्या हो गया सिलेंडर का भाग क्या होगा ये सब घर एकदम टूट गया देख पाते होंगे पहाड़ टूट गया है का। घरा यार देख पाते होंगे गाइस कैसा एकदम पूरा टूटा हुआ है पूरा घर ही दब गया है पहाड़ के जो पहाड़ से गिरा है पहाड़ से ऊपर पहाड़ टूट के पूरा देख पाते होंगे गाय कैसा है नीचे ही गिर गया है देख रहे हैं उधर जिसे भी चल रहा है गाय गाय वीडियो में बनी रहिए है देखिए आप लोग को पूरा वीडियो में आज दिखाएंगे कैसा पूरा कैसे पहाड़ टूटा है ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं देखिए यहाँ से सब लोग पाथर से आगे देख पाते होंगे कितना जुम ऊपर आदमी हैं ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं गाइज देख पाते होंगे कितना बड़ा बड़ा एकदम पूरा पत्थर टूटा हुआ है एकदम पूरा आया है पहाड़ से गाइज देख पाते होंगे ये देखिए इधर भी घर दब गया पूरा नीचे हो गया सब खोद के बाहर ही फेंक रहे हैं गायस देख पाते होंगे कि हमारे जो हमारे जो भाई साहब गए थे इधर से हम लोग गए थे दो लोग इधर पहाड़ पे देख पाते होंगे फिर से दोबारा आपको जूम करके अभी दिखाते हैं गाइस देख पाते होंगे गाइस ये इतना ऊपर से बहुत ऊपर से टूटा था आप लोग को दूर से दिखाना पड़ेगा अंधेरा हो जाएगा जाते जाते उधर रोड में गाय जी पालपा वाला रोड पर है टूटा है देख पाते होंगे कितना कचड़ा कच, पूरा पानी कितना आ गया था घर पूरा दब गया पूरा पहाड़ साइड में इस साइड देख पाते हैं इस साइड से हम लोग आए हमारे भैया हैं देख पाते होंगे एक ही खाली ऊपर का खाली बचा है जो तीन मंजिल का घर दो मंजिल घर नीचे बैठ गया ऊपर का खाली जो बचा है खाली तीन दिख रहा है जैसे लग रहा है कि वही खाली बना है पूरा दब गया है देख पाते होंगे जिसे भी इसे साफ़ कर रहे हैं अब देखते हैं अब देखो कि एक एक महीने लगेगा कि दो महीना लगेगा अब कितना टाइम लगेगा इसको साफ़ करने में ये सब हटाने में अभी आपको दिखाते हैं गैस वीडियो में बनी रहिएगा दिखाते हैं आपको उधर भी गैस देख पाते होंगे भैया इधर भैया लोग बात कर रहे थे अपने में <laughs> <laughs> देख ये गाइज इधर आगे पे अभी ऊपर जाने को नहीं दे रहे थे आपको ऊपर जाके दिखाते पूरा अच्छे से वीडियो पूरा गाइज देख पा रहे हैं जिसे भी जो चल रहा है जिसे भी सब कितना खोदेंगे सब देखिए अब खोदते हैं खोदते रहेंगे अभी लोग अभी देख पाता कि कितना बड़ा बड़ा पाथर है सब पूरे इतना ही बड़ा बड़ा इतना ही बड़ा पाथर नीचे दब गए हैं सब घर जितने हैं सब घर दब गए हैं गाइस देख पाते इधर इस साइड में आपको अभी नीचे ले जाके दिखाते हैं गाइस देख पाइएगा chaleco चल रहा है, इसे भी इधर इस साइड में। कितना दिन लगेगा ये सब पूरा चार चार मंजिल पूरा एकदम बैठ गया है चलते हैं वीडियो आप लोग देख रहे हैं एकदम पूरा इधर। ऐसे क्या हालात है? गैस सिलेंडर सिलेंडर